इस लाश का पोस्टमार्टम करना चाहिए कि उस पुलिस डिपार्टमेंट पर आता है तो उनके सीनियर बिना किसी चार्ज के उस लाश को जला देते हैं और इसीलिए ईचा बोर्ड अपने प्रेजेंट टाइम के जस्टिस सिस्टम और कानून से नफरत करता है अब एक दिन ईचा बोर्ड कोर्ट में केस लड़ रहा था लेकिन जज उसके मैथोलॉजी की बातें सुन सुनकर पक गए थे और इसीलिए वो इचाबोट को एक मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्लीपी नाम के एक गांव में भेजते हैं जहां पर हाल ही में तीन मर्डर हुए हैं और उनके सर लापता हैं अब इचाबोट निकलता है एक मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जहाँ पर रास्ते में ईचाबोट उस केस की डिटेल पढ़ता है लेकिन उसे उस किलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता है जो कि वहाँ पर मर्डर कर रहा था अब ईचाबोट स्लीपी होलो नाम के गांव में आता है जहां के लोग उससे बहुत ज्यादा डर हुए थे फिर ईचाबोट उस गांव के मशहूर बिजनेसमैन बाल्टस के घर पर आता है जहां पर उसकी मुलाकात बाल्टस की बेटी कैटरीना से होती है फिर वो बाल्टस और उसकी दूसरी पत्नी से मिलता है और ईचाबोट उन्हें बताता है की वो एक कॉन्स्टेबल है और वो न्यूयॉर्क शहर से है पर तीन मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आया है बाल्टस उसे एक कमरे में बुलाता है जहाँ पर गाँव के कुछ और लोग थे और ईचाबोट उनसे मर्डर के बारे में पूछताछ करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वो किलर एक बिना सर वाला घुड़सवार है जो कि घोड़े पे बैठकर गांव में आता है और किसी को बुरी तरह से मारकर उसका सर अपने साथ में ले जाता है। लेकिन इचागोट को उनकी इन बातों पर यकीन नहीं होता है और इसीलिए गांव वाले उसे उस घुड़सवार की हिस्ट्री बताते हैं कि वो घुड़सवार हैसन मर्सिनरी था और हेसन वो सैनिक थे जिन्हें इंग्लैंड के साथ में युद्ध करने के लिए भेजा था जिसमें से एक वो घुड़सवार भी था उस घुड़सवार को शैतान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो अपने दुश्मनों का बेरहमी से सर काटता है वो युद्ध में भी ऐसे ही करता है जब भी कोई उस घुड़सवार पर अटैक करता है तो उससे पहले ही वो उसका सर काट देता था और ऐसा करते करते वो घुड़सवार काफ़ी सैनिकों को मार देता है जिससे कि इंग्लैंड की सेना को भारी नुकसान हुआ था अब युद्ध खत्म होने के बाद में इंग्लैंड के कुछ सैनिकों ने मिलकर उस घुड़सवार पर हमला किया था जिसमें घुड़सवार को गोली लगी और बुरी तरीके से घायल हो गया था उस घुड़सवार को काफ़ी लगी थी लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है और इंग्लैंड में उसे सैनिक घेर लेते हैं तो घुड़सवार उनसे लड़ने लगता है और तभी वो सैनिक उसे घायल कर देते हैं जिसके बाद में वो उस घुड़सवार का सर काट उसे दफना देते हैं लेकिन अब 20 साल के बाद में वो अपना बदला लेने के लिए लोगों को बेरहमी से उनका सर काट के मार रहा है और वो उनका सर अपने साथ में ले जाता है गांव वालों की इन बातों को सुनकर ईचाबोट के हाथ कांपने लगे थे लेकिन वो अपनी जांच को चालू रखता है अब उसी रात को वो बिना सर वाला घुड़सवार जोनोथन नाम के एक आदमी का मर्डर करता है तो अगले दिन ईचा उसी लाश की जाँच करने के लिए वहां पर आता है और वो वहां पर जोनाथन का सर गायब दिखता है लेकिन उसके शरीर से खून नहीं निकल रहा था मानो कि जैसे किसी ने उसका सर को गर्म चीज से काट दिया हो लेकिन जब ईचाबोट जोनाथन की लाश चेक करता है तो उसे लाश पर कहीं भी जलने के निशान नहीं मिलते हैं और इसे देखकर कर इचाबोट हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा मर्डर अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था अब जोनाथन की लाश दफनाने के बाद में ईचाबोट यहाँ से जाने लगता है और तब जॉनथन का बेटा मजबत उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है तो ईचा बोर्ड भी उसे अपने असिस्टेंट के रूप में रख लेता है और तभी उसे मजिस्ट्रेट बताता है कि अब तक पांच मर्डर हुए हैं लेकिन उन्हें लाशें चार ही मिली है और फिर ईचा बोर्ड उन चारों लाशों को चेक करता है तो उसे एक लेडी के पेट में कट दिखाई देता है वो उसे देख हैरान था और इसीलिए ईचा बोर्ड उस लेडी का पोस्टमार्टम करता है और उससे पता लगता है लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है, वो डर के मारे होता है। जब ईचाबोट की आखे खुलती है तो वो अपने आप को किसी के घर में पाता है और फिर वो अपने बाजू के कमरे में चेक करता है तो वहां पर उसे कैटरीना मिलती है दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें कैटरीना बताती है कि उसकी असली माँ की मौत किसी बीमारी के कारण दो साल पहले हो गई थी और वो अपने पिता और सोतीली माँ के साथ में रहती है उसके सोतीली माँ पहले उसे संभालती थी और फिर उसके पिता ने उसकी सोतीली माँ से शादी कर ली और फिर स्लीपी हॉलो में उन्हें सबसे अमीर आदमी पीटर ने सहारा दिया जिसके बाद में कैटरीना के पिता उसी के लिए काम करने लगे और उनकी कड़ी मेहनत को देख कर पीटर ने उन्हें इतना बड़ा पेंशन गिफ्ट में दिया है अब उन दोनों के बीच में ऐसी बातें चलती हैं जिसमें को पता चलता है कि को फिर एक दिन गांव वाले एक सिकरेट मीटिंग रखते हैं और उनमें से एक मजिस्ट्रेट अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने लगता है और उसे वहां से भागता हुआ ईचा बोर्ड देख लेता है तो उसे मजिस्ट्रेट पर शक होता है और इसीलिए मजिस्ट्रेट को उस सी वाली बात, बात बताई थी और उसे आगे चलकर उसके बच्चे को संभालने को कहा था ईचा बोट उस लेडी के पति का नाम पूछता है और मजिस्ट्रेट बताने वाला था कि तभी वो सर कटा घुड़सावार आता है और उसका सर काट कर अपने साथ में ले जाता है अब तक इचाबोड सरकटे हॉर्समैन के बारे में सुनकर ही कांप रहा था लेकिन अब उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था जिसके बाद में वो बीमार पड़ गया था और तभी उसे बाइटस और कैटरी मिलने आती है तो ईचा बोर्ड उन्हें उस सिरकटे घुड़सवार के बारे में बताता है लेकिन डर के मारे वो बेहोश हो जाता है और अब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उस सरकटें घुड़सवार को दफनाया था लेकिन उन्हें उस जगह का रास्ता नहीं पता था और इसीलिए वो एक गुफा में आते हैं जहाँ पर एक चुड़ैल रहती थी ईचा बोर्ड उसे जैसे तैसे उस सरकटे घुड़सवार की कब्र की लोकेशन पूछता है तो वो चुड़ैल उससे एक पहली में बताती है ईचा बोर्ड उस पहली को सुलझाते हुए आगे बढ़ने लगता है और तभी जंगल में उसे कैटरना मिलती है जिसके बाद में वे तीनों पहली को हल करके उस सरकटे घुड़सवार के कपड़े तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ईचा को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है जिसमें से खून निकल रहा था और इसीलिए वो उस पेड़ को काटने लगता है लेकिन अब उस पेड़ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था फिर उस बुढ़े घुड़सवार के कब्र को खोदता है जिसमें अब उस सिरकटे घुड़सवार की हड्डियां ही थी लेकिन उसका सर गायब था दरअसल किसी ने उसकी कब्र को खोद उसका सर चुरा लिया था और इसीलिए वो सरकटा घुड़सवार लोगों के सर को काटकर अपना सर ढूंढ रहा है फिर तभी अचानक से उस सूखे हुए पेड़ से कटा हुए सर का सिक्रेट रास्ता खुल जाता है से वही सर कटा हुआ घोड़ सवार निकलता है और तो इच्छा गुड़ उसके पीछे एक कपल और उनका बेटा था फिर वो घुड़सवार यहाँ से जाने लगता है की तभी उसकी लड़ाई ईचा गुड़ और उसके दोस्तों से होती है जिसमे से घुड़सवार ईचा गुड के दोस्त को मार देता है और अब ईचा ये समझ गया था की कोई तो है जो कि उस के के को को कर उसे कंटो रहा है। है, है, अब फिर वो इस इस केस शुरू से समझता है जिसके बाद में उसका शक गांव सबसे अमीर आदमी पीटर की पर जाता क्योंकि तभी से मर्डर हो रहे हैं पीटर की मौत के कुछ दिन पहले उसके बेटे और पीटर के बीच में बहस हुई थी और वहीं पीटर ने चुप प्रेगनेंसी वाली लेडी से शादी कर ली थी जिसका गवा जोनथन था लेकिन एक एक करके सबको उस सरकटे घोड़सवार जहाँ पर उसे पता चलता है की पीटर ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद अपनी पत्नी और उसके पेट में जो बच्चा है उसके नाम कर दी थी लेकिन अब वे मारे गए थे तो ईचा बोर्ड सोचता है कि अब पीटर की जायदाद से से फायदा हो सकता है तभी उसे बाइटस पर शक होता है लेकिन वो पीटर का दोस्त था और इसीलिए इचाबोट का शक कैटरीना पर आता है क्योंकि उसे काला जादू आता था, और जंगल में बिना किसी डर ऐसी घुमा करती थी और इसीलिए इचाबोट को लगता है कि कैटरीना जायदाद के लिए उस सरकट घोड़सवार को कंट्रोल करके लोगो को मार रही है अभी इचाबोट कैटरीना के कमरे में आता है तो बेड के नीचे एक निशान को देखता है जो की इचाबोट को काला जादू लगता है वही रात को बाइटस अपनी पत्नी को जंगल में देखता है और तभी उसके पीछे हेडलेस घुड़सवार आता है और इसीलिए डर के मारे गाँव वाले अपनी जान बचाने के लिए चर्च में छुप जाते हैं बाइटस भी अपनी जान को बचाकर चर्च तक पहुंच जाता है और फिर वो कैटना को बताता है कि तुम्हारी सोतेली माँ जंगल में फंसी हुई है और अब तक उसे उस सर कटे हुए घुड़सवार ने मार दिया होगा तभी वो घुड़सवार वहां पर आ जाता है लेकिन वो चर्च के नीचे नहीं जा पाता है वो घुड़सवार बाइटस को चर्च से बाहर निकाल मार डालता है और ये देखकर कैटरीना वहीं पर बेहोश हो जाती है तभी इचाबोट कैटरीना के बनाए हुए निशान को देखता है तो उसे काला जातु ही लगता है और अब बाल्टस की मौत के बाद में उसकी जायद के वारिस कैटरीना ही बची हुई थी अब इन सब के बाद में ईचाबोट को लगता है कि उसने ये मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर लिया है और इसीलिए वो कैटेना के बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला करता है क्योंकि अब वो कैटेना से प्यार करता था और इसीलिए वो यहाँ से चुपचप जाने लगता है लेकिन जाते वक्त उसे कैटरीना की याद आ ही रही थी और इसीलिए वो कैटरी की दी हुई जादू टोने की किताब को पढ़ता है तो इचावट को पता चलता है कि चर्च में कैटरीना ने काला जादू नहीं किया था वो तो बल्कि लोगों की जान बचा रही थी वहीं पर कैटरी की के सोतेली माँ अचानक से उसके सामने आती है और कैटरीना उसे सही सलामत देख हैरान थी क्यूँकी सबको लगता था की उस सरकट घुड़सवार ने उसके सोतेली माँ को मार दिया है कैटरीना को लगता है की अब उसकी सौतेली माँ भूत बन गई है और इसीलिए वो डर के मारे बेहोश होती है जिसके बाद में उसकी सोतेली मां उसे अगवा करके गांव से दूर विंड के अंदर ले आती है जहाँ पर वो काला जादू करने लगती है और फिर वो उस घुड़सवार के सर को कंट्रोल करके उसे ऑर्डर देती है कि वो कैटरीना को मार दे लेकिन यह सब कैटरीना देख रही थी और वो इस बात से हैरान थी कि उसकी सोतीली माँ ने उस घोड़सवार का सर चुराया है जिसने कई सारे मासूम लोगों की जाने ली थी अब कैटरीना उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और इस पर कैटरीना की सोतीली माँ ये बताती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हुई थी तो गांव वालों ने उसके परिवार की जायदाद छीन ली थी जिसके कारण वे सभी सड़क पर आ गए थे लेकिन उसकी माँ को कला जदु आता था और इसीलिए गांव वालों ने उन्हें गाँव में रहने नहीं दिया और इसीलिए उसे अपनी बहन और अपनी माँ के साथ में आराम की जिंदगी को छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा जहाँ पर जंगल में उसका और उसके बहन का सामना उस जिंदा सवार से हुआ जिसके सामने ही उसे मारकर दफना गया था और तब से उसने अपनी जायदाद वापस पाने के लिए एक प्लान बनाया जो कि अब कैटेना की मौत से पूरा हो जाएगा उसे अपनी पूरी जायदाद मिल जाएगी तभी कैटेना भागकर बाहर आती है जहाँ पर इचा भी पहुँच गया था फिर तभी कैटेना को मारने के लिए वहाँ पर वो सिर कटावा घुड़सवार आता है और इसीलिए वे सब उस विंड के अंदर चले जाते है जिसके पीछे वो घुड़सवार भी आता है तो ईचा उस विंड में आग लगाकर वहाँ से दूर चला जाता है तभी इचाबोड देखता है कि उस आग से उस बिना सर वाले घुड़सवार को कुछ नहीं हुआ है तो कैटरीना को लेके वो यहाँ से भागने लगता है लेकिन वो घुड़सवार उनका पीछा नहीं छोड़ता है और वो इचा पर हमला करता है जिससे कि ईचा बचकर उस घुड़सवार का पीछा छोड़ देता है लेकिन अब वो सब उस घुड़सवार के घर पर आते हैं जहाँ पर उनका इंतज़ार कैटरी के सोतेलिमा कर रही थी और जैसे ही उनके सामने इचा आता है तो वो उसे गोली मार देता है फिर वहां पर वो सिर कटा हुआ घुड़सवार और वो कैटेना को मारने वाला था कि तभी इचाबोड कैटिना के सोतेली माँ से उसका सर छीनकर उसे दे देता है जिससे कि उस घुड़सवार को अपना सर मिल जाता है और इसीलिए अब वो कैटना के सोतेली माँ के चंगुल से आजाद हो गया था वो फिर अपने असली फेस में आ जाता है और उसे पता लग गया था कि उसके सर को कैटरना की के सोतेली माँ नहीं चुराया था और उसी ने उसे कई सर लोगों को मरवा दिया था मूवी के एंड में इचाबोट कैटेना को अपने साथ में ले जाता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है दोस्तों इस मूवी में हमें देखते हैं कि इचाबोट एक कांस्टेबल था जिसे कई माथोलॉजी